रामगढ़ नाम के एक गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था किसन का परिवार एक लकड़हारे का परिवार था रोज सवेरे सवेरे किसन अपने पिता के साथ जंगल में जाता और वहाँ से लकड़िया काटकर बाजार में बेच दिया करता लकड़िया बेचकर जो धन मिलता उसी से उनका गुजारा चलता किसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था और वो इतना चतुर स्वभाव का भी नहीं था इसलिए उसे कोई भी बहुत आसानी ऐसी बेवकूफ बना दिया करता किसान का बाप अब बूढ़ा हो चला था और बीमार भी रहने लगा था ऐसे में अब सारी जिम्मेदारी किसन के ऊपर ही आ गयी थी किसान बेटा अब तुम्हारे पिताजी इस काबिल नहीं रहे की वो तुम्हारे साथ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर ला सके अब तो जो करना है तुम्हें ही करना है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो माँ मैं खूब मेहनत से काम करूँगा और पैसे कमा कर लाऊँगा किशन की माँ भी कहीं न कहीं ये बात जानती थी कि किशन बहुत भोला है लोग उसका बहुत आसानी से बेवकूफ बना देते हैं अगले दिन की सुबह सुबह किशन अकेला ही कुानी लेकर जंगल में लकड़ी काटने निकल गया बहुत मेहनत ऐसी किशन ने पूरे दिन लड़िया काटी और उन्हें बेचने के लिए बाजार लेकर गया उस दिन ऐसी पहले किसन ने कभी भी लकड़ियों का सौदा नहीं किया था रुपए पैसे की बात हमेशा किशन का बा भी किया करता था इसलिए किसन थोड़ा सा घबराया हुआ था लेकिन तभी एक खरीदार